जय हिंद ये हिंदी का पार्ट टू है तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला का पहला प्रश्न शाह का उच्चारण स्थान क्या है तालब्य है या मूर्धान्य है या दंत है या फिर ओष्ठ है इस प्रश्न का राइट आंसर है तालब्य प्रश्न नंबर दो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं शब्द को वर्ण को या अक्षर को व्यंजन को या फिर स्वर को भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने लगाया है वर्ण या अक्षर को तो बिल्कुल सही जवाब है प्रश्न नंबर तीन किस शब्द में ऋष्वर का प्रयोग नहीं हुआ है कृपा में हुआ है कृष्णा में हुआ है दृष्टि में हुआ है लेकिन रिवाज रिवाज में रि का प्रयोग नहीं हुआ है प्रश्न नंबर चार इनमें से कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है अल्प विराम या पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह या अर्धविराम तो इस प्रश्न का सही जवाब है अर्धविराम अर्धवि विराम ऐसा विराम है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है हिंदी का पार्ट वन देखने के लिए आई बटन पर यहाँ पर आई बटन बना होगा साइड में यहाँ पर उस पर लिंक दिया है पार्ट वन का उस पर आप क्लिक करोगे तो पार्ट वन पर पहुँच जाओगे तो पार्ट वन देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें प्रश्न नंबर पाँच छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है क्या पूर्ण विराम का होता है या योजक चिन्ह का होता है या अवतरण या उदरण चिन्ह का होता है या फिर अल्प विराम का होता है इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने लगाया है अल्प तो बिल्कुल सही जवाब है प्रश्न नंबर छह हंसपद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है हंसपद को और किस नाम से भी जानते हैं क्या लो विराम से या पूर्ण विराम से जानते हैं या अल्प विराम से या फिर त्रुटि विराम से इस प्रश्न का सही जवाब है त्रुटि विराम से हंस का दूसरा नाम त्रुटि विराम भी है हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें जिसमें भूगोल इतिहास और राजनीति कंप्यूटर आदि के सब, ए, लिंक दिए गए हैं प्रश्न नंबर सात तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके बताओ कौन सा विराम चिन्ह लगेगा क्या पूर्ण विराम लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा उप विराम लगेगा या फिर कोष्ठक लगेगा इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने लगाया है पूर्ण विराम तो बिल्कुल गलत जवाब है सही जवाब है प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर लगेगा प्रश्न नंबर आठ विराम का अर्थ क्या होता है बताइए क्या चलना होता है बिछड़ना होता है ठहरना या रुकना होता है या फिर स्वर होता है इस प्रश्न का सही जवाब है ठहरना या रुकना प्रश्न नंबर नौ जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं क्या अयोगवाह कहते हैं क्या अनुस्वार कहते हैं क्या अकारांत कहते हैं या फिर अंतस्थ कहते हैं इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों ने लगाया है अकारांत तो बिल्कुल सही जवाब है प्रश्न नंबर 10 जो हिंदी में चिन्ह है इस चिन्ह को हिंदी में क्या कहते हैं इस वाले चिन्ह को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं क्या इसे विराम चिन्ह कहते हैं या हमसपद कहते हैं या विवरण चिन्ह कहते हैं या फिर योजक चिन्ह कहते हैं इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का जवाब देंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद